तो गैस इस तरह का स्टेटस एडिटिंग करने के लिए आ, आप लोगों को अलाइट मोशन की ज़रूरत पड़ेगा अगर आप लोग पास अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और गैस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज करूंगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और गैस आप लोग नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो फुल वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड वीडियो तो आप लोग उसको देख के डाउनलोड कर लेना इसके बाद गैस आप लोग को अलाइट मोशन पर कर लेना है मैं डिस्क्रिप्शन बीट मार्क प्रोजेक्ट और उससे एक इफेक्ट प्रोजेक्ट दे दूंगा तो उसको डाउनलोड करके इनपुट करना इनपुट कर किसी को लोग मार्क प्रोजेक्ट को क्लिक करना यहाँ से जो कि मैं सोंग का वीडियो बना के रख रखा रहूँगा तो लोग तो तो क्या करना है जो कि फर्स्ट गर्ल का जो कि वीडियो उसको एडिट कर लें प्लस भी क्लिक कर वीडियो देना है तो कि गर्ल वाला जो कि वीडियो उसको सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट करने के जो कि फर्स्ट ट्रेडमार्क वीडियो आ जाएगा इसके बाद क्या करेगा इस इधर से फोटो भी सिलेक्ट करना है फोटो आप सिलेक्ट कर दे रहा हूँ इस फोटो को सिलेक्ट कर क्लिक तो करना है फिर पे जैसे एरिया कर लें उसको इसको बीच में एडजस्ट कर लें करें आप लोगों को खुश है इधर का जो कि इधर का फोटो कट के दे इसी तरीके से आप लोगों को सही फ़ोटो को सिलेक्ट करना है मैं आप लोग सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ जो कि मैं यहां से सभी फोटो को जो सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को जो कि फर्स्ट पे आना है बहुत ईजी है से फर्स्ट तो पिक पे, पे क्लिक करना है यहाँ से क्लिक करनाथ क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स करना है करके बाद आप लोग को बैक आना है बीट मार्क प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है कहीं सिर्फ फर्स्ट पे जान है जो कि पिक पे पे, पे, पे, पे पे क्लिक क्लिक करना करना है, पे पेस्ट करने है, इफेक्ट्स एक तरीके से सभी को पेस्ट कर लेना तो पेस्ट कर लेता हूँ इसके बाद आप लोग से बताता हूँ सभी इफेक्ट्स को जो कि पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद आप लोगों को सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे फिर से क्लिक करना है से सेकेंड वाले पिक को क्लिक करना है क्लिक करना है कॉफी करना है करने के बाद आप लोगों को बैक आना है बीट मार्क प्रोजेक्ट पे, पे क्लिक करना है यहाँ से फोटो को सेकेंड वाले पिक पे आना है यहाँ से क्लिक करना है क्लिक करना है थ्री लाइट पर क्लिक करना है पेस्ट इफेक्ट्स कर जो कि हम लोग का स्टेटस इस तरीके से है तो आप लोगों को जो जो फोटो आप लोग छोड़े हैं उसमें उसमें आप लोगों को एक जो कि पेस्ट कर देना है तभी वैसे आप लोग एक फोटो भी नहीं छोड़ना है तो आप लोग का जो कि वीडियो बीच में फोटो रुकने टाइप में दिखेगा इसलिए आप लोग एक भी फोटो को बस छोड़िएगा इसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ से सभी तो फोटो को जो कि पेस्ट कर दिया करने में आप लोग क्या करें एक जो कि लगा कर लेना, आप लोग मैं वहां दे देता हूँ फिर कोई से भी क्वेशन हो तो पूछ सकते हो या जो कि जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उस फोन को आप लोग सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट करने के बाद रोबोट में रोबो जो कि बगल में लाइन है उसको एक बार क्लिक कर लें यहाँ से ए उसको पी बड़ा बड़ा कर लेना इस बात कलर को जो कि व्हाइट या ब्लैक भी रख सकते हो तो यहाँ पर कहीं ब्लैक रखता हूँ व्हाइट क्लिक करके इधर से इसको नीचे लेके आ जाते हैं जाती हूँ छोटा बड़ा करके इसको अच्छे से गई जितना कर सकते हो अच्छे से कर लें इसके बाद इसको एंड में लेके जाना है तो वैसे जो कि हम लोग का स्टेट जो कि बन के तैयार हो चुका है वीडियो को एक्सपर्ट कर जो कि सेटिंग पे आइकॉन दिख रहा है ऊपर उसको तो तो एक बार क्लिक करना है वीडियो को इधर से एक्सपोर्ट कर लें वैसे अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कर देना ऐसे ही इमेजिंग या टूटोल पाने के लिए सिंपल वीडियो था गई तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट में तब तकलीफ टेक केयर